वो पता नहीं जी कौन शाह है यार मेरा हरे करता है वाले दिन चले गए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्राची देवनाथ और आप मेरे नई वीडियो देख रहे हो मैं यानी कि नई यूट्यूब चैनल और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इसीलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ चलो दिखाते हैं मैं आपको जो दिखाना चाहती थी वो ये है देखिए ये भी मैं देख बहुत बहुत अच्छा लगा है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा डिस्कवरी पे देख रही थी लेकिन आज मैं रियल देखी बहुत और भी है चलिए अरे तू चलो हम ठीक है डॉक्टर शादी भी लोग नहीं लेके आई लेकिन मैं अगली बार जाऊंगी अब लोगों जाऊंगी <laughs> मुझे आज बहुत मजा आया अरे दूर थी ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ओ मेरी हाय <laughs> आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगा वो हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अच्छे लगने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा ओहो सॉरी दोस्तों मैं तो आपको यही बतानी भूल गई है बिजनी का पार्क में मिलता है लेकिन आपको पूरा राउंड चक्कर लगाना पड़ता है अगर इसको ढूंढे तो उस डप को अरीस दिए एक बाय वैम